लो यहाँ पर तो हम सबकी पेटी बन गई पर ये आखिरी बंदा बचा है और सामने है पूरे के पूरे तीन चार प्लेयर दे रहा है पर कोई बात ना उसने उसे मार दिया दो नॉक कर दिए ओ हो क्या बात है भाई को तो खजाना मिल गया है यार ऊपर से उसने दो को मार दिया लास्ट वाला बंदा बचा है शायद वो मार पाता है नहीं उसे आप उनको नहीं पता पर उससे पहले इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए यार दो प्लेयर खा ली इसने और एक तीसरे को भी शायद मार देगा पूरी अकेले ने खा ली यार ओ क्या ही बात तो ये मोड़ दी